नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप आशा करते हैं कि आप घर पर बढ़िया होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक योजना चालू की गई है जिस योजना का नाम है लाडली बहना योजना इस योजना के बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताने पा रहा जीरो से हंड्रेड लेवल तक सम्पूर्ण जानकारी बता दूँगा और गारंटी से ये कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो बिल्कुल भी देखना नहीं पड़ेगी तो चलिए दोस्तों आप भी इस वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं हमारे चैनल पे आपको क्या क्या सुविधा मिलेंगी तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस चैनल पर आपको बता दिया जाएगा कि जो योजना लागू की गई है वो योजना क्या है और आपको लागू होने के बाद कुछ ही दिन बाद आपको इस ये योजना की वीडियो एक बनाकर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा बहुत जल्दी सबसे जल्दी हमारे चैनल पे आपको वीडियो प्राप्त होगी दोस्तों दूसरी बात यह है कि ये इस योजना आने वाली है उसकी तो आ जाएगी और जो लागू हो चुकी उसकी और जल्दी आ जाएगी ठीक है दोस्तों और तीसरी बात यह है कि हमारे चैनल पर आपको जो चुनाव होते हैं यानी कि छोटे बड़े जो भी चुनाव होते हैं आपको सब चुनाव की आपको पता चल जाएगा मैं आपको यहाँ बता दूंग बता दूँगा कि कहाँ पे चुनाव होने वाले हैं और किस के चुनाव होने वाले हैं विधायक सरपंच जो भी है एक्स वाई सब चुनाव के बारे में आपको बता दूंगा और हर जगह के चुनाव के बारे में बताऊँगा और चौथा टॉपिक ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होते हैं यानि नेशनल गेम होते हैं उनके बारे में आपको वीडियो डाल दूँगा ठीक है दोस्तों अब अपन स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है अपनी लाडली बहना योजना इस योजना में देखते हैं क्या क्या है तो दोस्तों हम बात आज बात करने वाले हैं कि लाडली बहना योजना क्या है ठीक है और दूसरी बात यह है कि कौन कौन योजना का लाभ ले सकते हैं ठीक है कौन योजना का लाभ नहीं ले सकते योजना क्या क्या, -क्या लाभ हैं योजना के क्या क्या लाभ हैं फॉर्म को किस प्रकार भर सकते हैं और फॉर्म क्या ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा मैं आपको इस बारे में सारी जानकारी प्राप्त करूँ प्राप्त कर दूंगा तो दोस्तों हर एक टॉपिक के बारे में एक्स वाइज एड बिल्कुल जीरो से हंड्रेड लेवल तक आपको बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है क्या आप हाँ फॉर्म ऑनलाइन भर सकते ऑनलाइन भरोगे तो किस तरह से भराएगा ऑनलाइन भरोगे तो कहाँ से भरना पड़ेगी या फिर ऑफलाइन भरने की कोशिश करोगे तो वो कहाँ देना पड़ेगी कागज़ तो आज मैं आपको इन सब के बारे में ए टू जेड बिल्कुल जीरो से सौ लेवल तक आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दूंगा और देखिए दोस्तों और क्या क्या कागज़ लगेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टार्ट देखते हैं दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि योजना क्या है ठीक है दोस्तों योजना कब लागू की गई कब लागू हुई और किसने लागू की कहाँ लागू की क्यों लागू की तो दोस्तों शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ लाडली बेना योजना के शुरुआत मध्य प्रदेश के जो कि मुख्यमंत्री हैं योजना की घोषणा उन्होंने की गई थी जिनका नाम है श्री शिवराज सिंह चौहान किस जगह पे की गई थी तो दोस्तों ये जगह है ये जगह क्या है कि नर्मदा तट यानी कि जो कि नर्मदा जयंती थी उस दिन उसी तट पर उसी तट पर अट्ठाईस जनवरी 2023 को बुन्नी में नर्द तट के पावन स्थल पर की गई थी इस योजना योजना को सरकार द्वारा 25 मार्च 2023 लागू कर दिया गया था यानी कि ये योजना कब लागू की गई थी 25 मार्च 2023 ये दोस्तों ये पॉइंट हाईलाइट कर लेना ये दोस्तों पॉइंट याद रखना आप कौन सा पॉइंट 25 मार्च 2023 हज़ार क्योंकि ये पॉइंट आपको पेपर में भी काम आ सकता है ठीक है दोस्तों अब चलते हैं आगे ये योजना में क्यों लागू की गई क्योंकि जो कि आर्थिक स्थिति काफ़ी गंभीर महिलाएं उनकी सहायता के लिए ये योजना शुरू की गई थी इस योजना में क्या था कि प्रति माह एक हज़ार रुपये महिलाओं को प्रदान किए जाएंगे तो दोस्तों आगे देखते हैं कि इस योजना में किस किस को लाभ प्राप्त होगा किस किस को लाभ प्राप्त नहीं होगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि किस किसको लाभ प्राप्त होगा किस किस को नहीं होगा चलो दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों देखते हैं कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं कौन इस योजना का लाभ नहीं ले सकते तो सबसे पहले अपन टॉपिक किस टॉपिक से बात करेंगे कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं तो दोस्तों निम्न वर्ग माध्यम वर्ग किसान गरीब महिला को इस योजना में शामिल किया जाएगा ठीक है अब महिला मध्य प्रदेश का मूल्यवास होना बहुत जरूरी है जो मध्य प्रदेश में नहीं रहता यानी कि जिस महिलाओं के मध्य प्रदेश की कोई भी प्रूफ नहीं है कोई भी कागज़ नहीं है यानी कि मध्य प्रदेश में नहीं रहती वो अगर कोई रहती भी है उसका कोई भी प्रूफ नहीं है तो वो इस योजना वो महिला इस योजना का लाभ नहीं ले सकती महिला चाहे किसी भी जाति वर्ग माध्यम किसी से भी हो चाहे एस हो ओबीसी हो चाहे जनरल हो सब महिला महिलाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा जो महिला आंगनबाड़ी में कार्यरत रह है यानी कि कोई भी पद पर बाधिस्थ है ठीक है दोस्तों और रसोईया है या जो भी है स्व सहायता समूह भी चला रहे हैं तो उन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा ठीक है दोस्तों यदि कोई भी महिला पहले से किसी योजना जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना संबली योजना का लाभ पहले से प्रदान हो चुका है यानी पहले से लाभ ले सकती हैं तो उन वो महिलाओं भी योजना का पैसे लाभ ले सकते हैं तो दोस्तों इसी तरह हमारे वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए कि क्या क्या है क्या नहीं है इस योजना में बिल्कुल ए टू जेट छोटी से छोटी बातें बातें बताऊंगा मैं आपको तो दोस्तों अब देखते हैं कि इस योजना का लाभ कौन कौन नहीं ले सकते यानी कौन कौन इस योजना के पात्र नहीं हैं पात्र हैं या नहीं हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि कौन कौन इस योजना का लाभ नहीं ले सकते तो पहली बात यह है कि लाडली बेना योजना में आयु सी, आयु सीमा देखना बहुत जरूरी है कि जिस व्यक्ति की यानी कि एक जनवरी दो को न्यूनतम आयु इसी साल की बता रहा हूँ जो इस साल करने वाले हैं 2023 में और आगे 24 में करेंगे उनके लिए अलग हो जाएगी तो यानी कि 23 से 23 वर्ष से 60 साल के बीच में उम्र होना ज़रूरी है अति आवश्यक है जिस महिला की 23 से 60 साल के बीच उम्र नहीं है तो वो महिला इस योजना का लाभ नहीं ले सकती यानी कि जिस किसी की भी अठारह उन्नीस साल यानी कि कोई लड़की वगैरह यदि सोचे कि हमको क्यों नहीं मिला तो उनकी योज एज कम है इसलिए उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा यानी कि 23-24 24 के बाद ये 23 23 के बाद जो महिला आएंगी उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा ठीक महिलाओं की, परिवार की के परिवार की वार्षिक आय 30 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यानी कि जिस महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय तीस लाख है तो उस उस परिवार की महिला को इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा ठीक है दोस्तों और क्या महिला के किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए ठीक है कोई सरकारी पद पर नियुक्त नहीं होना चाहिए और जिस महिला के परिवार में जमीन लगभग पाँच एकड़ से अधिक है तो उस घर उस परिवार की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा तो अब देखिए दोस्तों आगे चलते हैं अब आगे देखते हैं कि इस योजना के क्या क्या लाभ हैं तो चलिए दोस्तों अपन लोग शुरू करते हैं किस योजना योजना में क्या क्या लाभ प्रदान किए जाएंगे तो लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा इस योजना में महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे जिसमें उन्हें अपनी जीवन शैली जीने में आसानी होगी दोस्तों लाडली बेना योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को महिलाओं के बैंक डायरेक्ट बैंक खाते में प्रदान किया जाएगा डीबीटी के माध्यम से इसका मतलब यह हुआ कि महिलाओं के खाते में सीधा उनके खाते में पैसा डाल दिया जाएगा जो कि एक एक हजार महीना महीना के लिए दिया जाएगा ना कि अब उन्हें कहीं लेने जाना पड़ेगी ना कहीं सिर्फ सीधा डायरेक्ट आपको आपकी महिलाओं के खाते में प्रदान किया जाएगा महिला चाहे किसी भी जाति वर्ग माध्यम से हो सब महिलाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा पेंशन पाने वाली महिलाओं को इस योजना में हिस्सेदार माना जाएगा जैसे कि जिस महिलाओं की पेंशन छः सौ रुपये है तो उनका पेंशन बढ़ के चार सौ और बढ़ जाएगा उसमें प्लस चार सौ एड होकर या चार सौ और जुड़कर तो उनको प्रति माह एक, -एक प्रदान किए जाएंगे दोस्तों अब देखते हैं अब इस योजना में आगे अपना क्या टॉपिक था तो दोस्तों उस टॉपिक के बारे में अपन देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है अपन जानेंगे बिल्कुल एक एक चीज़ के बारे में तो दोस्तों अब जानेंगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि फार्म किस तरह से बना चलो ठीक है भैया आपने ये तो बता दी मान लिया कि ये वो नजिए है एक एक हज़ार रुपये में महिलाओं के खाते में एक, -एक प्रदान किए जाएंगे जो भी है इसके बारे में भईया आपने बता दिया पर ऑनलाइन किस तरह से करेंगे कैसे मिलेंगे इसके बारे में तो आपने बताया नहीं तो दोस्तों टेंशन मत लीजिए मैं आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं आवेदन किस तरह से भर सकते हैं दोस्तों आवेदन दो प्रकार से भर सकते हैं दोनों यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन ऑनलाइन का मतलब किसी दुकान कंप्यूटर के सहायता से दुकान पर जाकर हम डायरेक्ट सीधा ऑनलाइन वहाँ से करवा सकते हैं ऑफलाइन कैसे ऑफलाइन यहाँ की अपने खुद के गाँव में सरकारी अधिकारियों द्वारा कैंप लगा दिए जाएंगे कैंप लगाएंगे तब आपको अपने जो सरकारी मैं आपको बता दूंगा या आपको वहीं पर जो सरकारी अधिकारी होंगे वो लेंगे जैसे कि मैं आपको ये भी बता दूं कागज़ क्या लगेंगे लेकिन फिर भी आप भंजा के चेक कर सकते हैं कि क्या क्या लगेगा क्या क्या नहीं तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि ऑनलाइन के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगी क्या करना पड़ेगा कि ऑनलाइन फार्म भरा हो जाए तो दोस्तों ऑनलाइन फार्म करने फारम भरने के लिए सबसे पहले आपके पास एक जो भी ऑनलाइन की शॉप दुकान हो वहाँ पे जाना है आपको वहाँ जाके आपको वो कागज़ लगे वो आपको कागज देना है वो भैया आपका फारम ऑनलाइन कर देंगे और हाँ फार्म ऑनलाइन करने के बाद आपको उसकी रसीद लेना बहुत ज़रूरी है जैसे कि उनने आपका फारम कर दिया है ऑनलाइन कर दिया है लेकिन आपको प्रूफ लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों ठीक है दोस्तों अब अपन देखते हैं कि ऑफलाइन किस तरह से भर आएंगे ऑफलाइन में क्या होगा जहाँ पर आप रहते हो गाँव मान लिया आप गांव में रहते हो तो वहां पे गांव में आपको ये देखना पड़ेगी कि जिस दिन कैंप है उसी दिन आपको कागज़ ले जा कर सरकारी अधिकारियों द्वारा दे दी दे दें दे। वहां दे के वो सरकारी अधिकारी क्या करेंगे अपनी खुद की आईडिया अपने पर्सनल कंप्यूटर से आपकी ऑनलाइन कर देंगे वैसे होना ऑनलाइन है लेकिन आप उनको दे दें यदि दुकान वगैरह नहीं है आपके पास में ऑनलाइन की शॉप नहीं है तो आप उनको दे दें वो खुद कर देंगे ठीक है दोस्तों अब देखते हैं ऑनलाइन के बाद कागज़ क्या क्या लगेंगे ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कागज़ भी जानना जरूरी है कि नहीं पता चली आप दुकान पर पहुंच गए और कागज़ ले ही नहीं गए तो दोस्तों सब अब देखते हैं कि कागज़ क्या क्या लगेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे क्या क्या ले जाना है तो दोस्तों बैंक खाता आधार से लिंक होना बहुत ज़रूरी है जैसे कि जिससे आप सीधे आधार कार्ड की सहायता से जो पैसे आएँगे वो पैसे आप निकाल सको और दूसरी बात यह है कि जो अपनी समग्र आई रहती है उसमें आधार कार्ड लिंक होना बहुत जरूरी है दोश्टो? ये जो किस तरह से होगा दोस्तों ये दोस्तों वहीं पे होगा जहाँ ऑनलाइन की दुकान है या फिर आप खुद इस इसको इसकी केवाईसी कर सकते हैं यानी कि समग्र आई के पोर्टल पे जाके इसकी केवाईसी कर सकते हैं आधार कार्ड को समग्र आई से लिंक कर सकते हैं वो आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा मैं कि किस तरह से आधार कार्ड को समग्र आई से लिंक करेंगे और क्या फोटो ले जाना है यदि फोटो इस तरह से नहीं तो आप जो कि आवेदक हैं वो स्वयं चले जाए व्हाट्सॉप पे या फिर कैंप पे क्योंकि कंप्यूटर के वेब कैमरा के सहायता से आपका सदस्य का जो कि जो भी सदस्य के आप ऑनलाइन कर रहे हैं वो सदस्य का फ़ोटो लगेगा उसमें वो जो कि वेब कैमरा द्वारा लगा दिया जाएगा भेंगी तो कैंप पर होना यानी कि जहाँ पे ऐसे आप ऑनलाइन करवा रहे हैं वहाँ पर होना सदस्य का बहुत जरूरी है और दोस्तों अपन देखते हैं कि अभी में क्या क्या होना है आवेदक के लिए और क्या क्या कागज़ लगेंगे तो दोस्तों आधार कार्ड होना ज़रूरी है मोबाइल नंबर है ना समग्र आई डी वोटर कार्ड पैन कार्ड राशन कार्ड और आयु संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र हो तो वो लगेगी तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद